खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा ढोल गया तीन लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया अरे कान खोल कर सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ कान खोलकर का सुनो पार्थ मैं ही त्रेता का राम हूँ कृष्ण मुझे सब कहते हैं मैं द्वापर का घनश्याम हूँ रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूँ धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ विष्णु जी का दशम रूप में परसुराम मतवाला वाला हूँ ना कालिया के फनपे में मर्दन करने वाला हूँ बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा काट दिया को मैंने जिंदा गाड़ दिया नरसिंह बनकर खातिर हृणय का चम काट दिया और रत्न नहीं